हाँ सो यू व्हाट्सअप भेज के आप सभी आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में तो आज की वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, यानी कि माइनक्राफ्ट। लेकिन आप सोचिए माइंड क्राफ्ट में कौन सी बड़ी चीज़ है तो हाँ हम लोग माइंड क्राफ्ट वन पॉइंट जीरो खेलेंगे मतलब माइनक्राफ्ट के पहले वर्जन कैसा होता होगा आज हम वो ट्राई करेंगे तो चलिए बनते रहें हम अपने वीडियो में चलते हैं माइंड क्राफ्ट देखते हैं क्या हाल है वहाँ के सो पहले आ जाते हैं यहाँ पे अपने माइंड में अरे तो भाई ये माइंड्राउंड कैसा दिख कैसरा है मतलब म, सिंगल प्लेयर मल्टीप्लेयर टेक्सचर पैक ऑप्शन देखते एक बार टेक्सचर पैक में जाके दिखते क्या मिलते हैं वहाँ पर क्या डिफॉल्ट ये क्या है और यहाँ पे भाई पहले के पहले के ग्राफिक्स कितने बेकार होते हैं भाई इतने गंदे तो मेरे भी नहीं है वो इन पॉइंट नाइटिंग पे नॉम ओ अच्छा भाई नॉर्मल से जूम होता नहीं था पहले इन्वर्ट माउस मतलब समझ में नहीं आया विटी बस वीडियो सेटिंग पे वीडियो सेटिंग्स पे तो बहुत ही कम चीज चलो अब अपने नए वर्ल्ड बनाते हैं एक जिस वर्ल्ड का नाम रखते हैं हम लोग यहाँ पे वन पॉइंट ज़ीरो कैसा लग में अब मजाक नहीं मजाक नहीं वन पॉइंट जीरो है इस वर्ल्ड का नाम भाई इतनी तेज लोड हो रहा है इतनी देर तो वन में लोड नहीं होता सेविन चनरेटिंग लेवल तो आज हम इस वर्ल्ड को टेस्ट करेंगे ना इस वर्ल्ड को टू पॉइंट जीरो बहुत सारे तो देखते हैं यहाँ पे क्या है ओ भाई अजीब कितना अजीब है भाई लकड़ी तोड़ के देखते हैं क्राफ्टिंग टेबल कैसा दिखता था वन पॉइंट जीरो मैं नाइनटीन बोलने जा रहा था अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब करें एंड वेलकम टू माई चैनल ये तो बोलना भूल गया हाँ तो लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करना और अगर शेयर कर तो उनसे बोलिएगा कि लाइव स्ट्रीम हर संडे होती है देखना है ना ओके और आप भी आ सकते हो मेरे नए एसएमपी में वो आने वाला टी एसएमपी उसका नाम है चलो तो यहाँ पे हमने ये वर्ल्ड पर ले लिया है अब भाई भाई ये क्या चल तो रहा है इधर मतलब कि इधर भी रह सकते हैं नहीं इधर तो नहीं रह अच्छा हाँ हाँ वो शायद आर्मरी ही वाला हुआ आरमरिया इधर के अगर आपको बैकग्राउंड में बेकार लगी है तो मैं वो हटाने की कोशिश करूँगी ओके तो चलो यहाँ पे अभी हम लोग बना लेते हैं कुछ लकड़ियाँ पहले लाइब्रेरी भी नहीं आती थी यार कि तो मुझे लगता होगा कुछ मिलता ही नहीं होगा क्या बनाना क्या? माइनक्राफ्ट सजेशन भी नहीं देता था तो चलो देखते हैं और क्राफ्टिंग टेबल में कुछ तो अलग है अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो यहाँ पे जो है इसके ग्राफिक्स बहुत ही गंदे हैं जो ग्राफिक्स की बात में कर नहीं सकता लेकिन हाँ भाई पेड़ो भाई इतना छोटा पकड़ा वो पकड़ा वो नहीं है वो क्या है अरे क्या था वो हाँ हिंदी में बोलते ओके सो पे हाँ तो क्रिएटिव है ट्राई करके देखते हैं ओके इसमें तो क्रिएटिव ही नहीं है भाई मैं करूँगा क्या भाई साहब कितनी हाँ यहाँ पे सही चल रहा है देखते हैं यहाँ पे और क्या मिलता है अपने माइंड में अब क्राफ्टिंग टेबल लेने भूल गए सबसे पहले स्टोन इकट्ठा करते हैं ये माइनक्राफ्ट को थोड़ी देर ट्राई करेंगे फिर देखते हैं क्या होता है और अगर इसी के साथ अगर आप नहीं जानते कि ओ भाई ये क्या है अभी पेड़ ओ भाई कैसे गंदे गाफेज है भाई इसको देखो ये देखो इससे गंदा कोई नहीं देखा होगा मैंने मेरा तो समझ में नहीं आ रहा एक है सो पे ये लगा दे रहे। भाई को समझ भी नहीं आता इसमें यार डू यू थिंक मतलब कि कोई ऐसा भी गेम बना सकता है उस वक्त किसी ने सोचा होगा भाई वन पॉइंट जीरो बहुत ही कठिन है इसमें ना ही लाइब्रेरी दिख रही है लाइब्रेरी होती है फटाफट दबा के सब बन जाता है यार अब तक तो भेजती तो है यार और पे पे ये सेटिंग्स ओके तो अपने हमने बना लिया तो पहले के क्या, था? हाँ, स्टोन क्या था। अब इधर देख भाई वन दिया था भाई मरी नहीं किस्मत अच्छी है भाई ग्राफिक्स कितने चल रहा है भाई ये क्या बीच बीच में बना हुआ है समझ में नहीं आ रहा मुझे स्नो देखी थी चलो स्नो गोल को ट्राई करते कितनी इस गेम को माइंका मतलब इस गेम इस वर्ल्ड को हम लोग अब क्रिएटिव देखते हैं क्या क्या मिलता है क्रिएटिव क्रिएटिव एंड भाई बनता है है है ओके सो चलो पे अपना ये ये पहले पहले से क्यों मिला है। अच्छा इस ओ ऐसा होता था ओ भाई कितने कम चीजें आ ओ टाइम नहीं तक इसमें बस अच्छा नी होता था बाद में डायमंड था आय तो था, था याद पहले अब हम यहाँ पे लोकेट लोकेटे इसमें विलेज भी होता था भाई बहुत गंदे ग्राफिक्स है तो अब इस इस इस वर्जन के रिव्यू के बारे में कहूँ तो ये वर्जन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मैं ऐसा कहूंगा कि ये वर्ज़न ठीक ठाक है अगर छोटे बच्चे करेंगे छोटे बच्चों को शुरू करना है तो छोटे बच्चे कर सकते हैं इसको अभी हम डाउनलोड करेंगे वो वर्ज़न रिलीज 1.1 नहीं 1.2 करते हैं क्योंकि अभी इतना इतना भी बड़ा टाइम नहीं दे रखा तो चलो 1.2 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है वन डाउनलोड हो रहा है तब तक, तक हम आपसे बातें करेंगे ओके और अगर ग्राम पेज और ट्विटर पेज पर जाकर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए उस पर आपको हमारी आने वाली वीडियोज की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और डिस्कॉर्ड का लिंक बनने वाला है उसमें भी आ जाइएगा ओके और पीयूष जोशी के रोज की बात करूँ तो उसमें रिकॉर्ड होने में बहुत समय लग रहा है उसकी स्क्रिप्ट भी लिखनी है और देखो वो एक फन रोज है तो उसको हार्ट मत मतलब देखते तो चलो चलो अभी हम लोग भी खुल गया है भाई तो okay. so मेरा खुला हुआ है और समझ में मुझे आई हाँ नहीं तो uh, okay, so मैं एक नया विंडो कैप्चर पे जल्दी लगा लेता हूँ दिस इज अफ्ट अच्छा तो अभी हम आ चुके अपने 1.21 पॉइंट तब भी वही सेम वेलकम टू योर डूम वर्ड्स मीन दिस वही अपने मस्ट भी कन्वर्टेड मस्ट भी कन्वर्टेड प्लीज़ सिलेक्टेड वर्ड अच्छा पहले प्ले नहीं कर सकते थे वही क्या है या भाई अजीब है। तो यहाँ पे सेम टू सेम वही जगह है लेकिन अपडेट में हाँ अपडेट मिट्टी में आई है जो मिट्टी थी पहले बहुत गंदी सी दिख रही थी अब थोड़ी सी क्या इसे चीट्स चीट्स भी नहीं लिख सकते भाई क्या बात है नो। अच्छा एक चीज ट्राई करनी से को, इसमें कहाँ नदर पोडर देगा मुझे भाई फ्लिंट एंड स्टील तो है okay, so सो अपना फ्लिंट अभी हम लोग नदर में रखे दें भाई इसमें विलेज विलेज है कि नहीं तो चलो यहाँ पे बहुत बड़ा लाइन बनता है इसमें। पहले तो बन जाता था शायद शायद शायद आई थिंक अब तो सेट है शायद और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर दे जाके ओके ओके तो चलो वॉट इज दिस मैन आई थिंक मुझे यहाँ पे नहीं यहाँ पे यहाँ पे बनाना पड़ेगा ओके सो यहाँ पे ये लगा दे अरे ये क्या हो रहा है आप जल जाटन स्टेल से जलता था ना पाई कितना बेकार गेम है यार पहले कितना गंदा होता था इसमें विलेज तो मिल ही नहीं रहा है मुझे तो मैं करूं क्या आग लगा दे गायों पे आग लगा गायों पे आग लगेगी एक गाय बता इधर और गाय कैसी थी गाय की मुंडी है क्या एक गाय मुझे खाना चाहिए मुझे खाना चाहिए ओ पका हुआ खाना मिल मुझे वाह क्या चीज है भाई पहले मशरूम मिल जाते थे अब तो मिलते तो ऐसा क्रिएटिव में शायद से रख सकते हैं <laughs> भाई गेम गेम और ये ट्राई करने को मैं तो बोलूँ हाँ वर्जन अलग 1.19 आप ट्राई कर सकते हो लेकिन अगर मैं सजेस्ट नहीं कि ये अब हम चलते अपने 1.19.3 पे आई थिंक से जाना चाहिए। 6 हमें सही लग रहा है अरे यही ओके okay, सो so जल्दी से हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं जो हमें भी करना है ओके okay? और इसी वीडियो के साथ बने रहिएगा <laughs> आप बाई कुछ मिलता ही नहीं है इसमें और अगर हमने वन 1.0 से स्टार्ट किया होता तो मैं बैकअप बनाता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में आज की वीडियो में हमने बहुत ही मस्ती कर ली तो मिलता है अगली वीडियो में बाय बाय सो अब पहले वीडियो पॉइंट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको